नमस्कार स्वागत अभिनंदन शनिवार दिनांक चार जनवरी के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में दर्शकों प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है देखिए चंद्रमा का गोचर अलग होता है चंद्र राशि अलग होती है कंफ्यूज मत होइएगा तो दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं साथ ही साथ इस माँ आपके शहरों में आ रहे आप लोग हमसे मिल सकते हैं स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं तो चार जनवरी दिन शनिवार विक्रम संबत 2076 हजार छिहत्तर संबत उन्नीस सौ पौष मास चल रहा है शनिवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर उनसठ मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर बाईस मिनट पर इस समय दर्शकों जो तिथि रहेगी आज की यह रहेगी नवमी तिथि और नवमी तिथि के बारे में ब्रह्मा वह पुराण क्या कहता है कि लौकी मत खाइएगा अन्यथा रेंगने वाले आप लोग जानवर जीव बन जाएंगे तो लौकी का सेवन आज किसी भी रूप में मत करिएगा नक्षत्र रहेगा रेवती उसके बाद अश्वनी नक्षत्र रहेगा रेवती बुद्ध का और केतु का नक्षत्र है दोनों ही गंडमूल नक्षत्र हैं करण रहेगा रहे बालो इसके उपरांत कौलो करण रहेगा योग रहेगा शिव इसके उपरांत सिद्धि योग रहेगा शुभ काल पर आ जाते हैं आज का जो शुभ काल रहेगा सुबह सात बजकर चौबीस मिनट से लेकर के नौ बजकर ग्यारह मिनट तक का रहेगा दूसरा एक अभिजीत मुहूर्त रहेगा ग्यारह बजकर पचास मिनट से बारह बजकर इकतीस मिनट में दोपहर में अशुभ काल पर आ जाते हैं राहु काल पर तो सुबह नौ बजकर पैंतीस मिनट से दस बजकर तिरपन मिनट का समय राहुकाल का रहेगा राहुकाल में शुभ कार्यों को मत करिएगा चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे ये दस बजकर पाँच मिनट मॉर्निंग में मीन राशि में रहेंगे इसके बाद मेष राशि एरीस में ये चले जाएंगे सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे शनिवार दिन रहेगा तो पूर्व दिशा की ओर दिशा रहता है शनिवार को पूर्व दिशा की ओर यात्राएं करने से बचिएगा यदि करना पड़ जाए तो चाय पत्ती का अदरक का सेवन करके निकलिएगा और पहले पश्चिम की ओर चार पक चलिएगा उसके बाद पूर्व दिशा की ओर आप यात्रा करिएगा शनिवार का राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नई सौगात लेकर के आया है तो चलिए इस पर एक दृष्टि डाल लेते हैं राशिफल में जो हमारी पहली राशि मिली है काल पुरुष में जो पहला जो है जिसको हक मिला हुआ है यह है मेष राशि का तो मेष राशि के जातकों आज आप अपने सीनियर्स के प्रति अच्छा व्यवहार बनाए रखें इसी में आपकी भलाई रहेगी मेष राशि के जातकों स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला माता पिता के साथ आज आपके संबंध मधुर होंगे बिजनेस में कोई बड़ा ऑफर मिलने से आज धन लाभ हो सकता है मेष राशि के जातक विवाहित हैं तो जीवन साथी को आज कोई सरप्राइज आप लोग दे सकते हैं आज आप दूसरों के सामने अपनी बात साफ ढंग से रखने में सफल रहेंगे उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन वृषभ राशि दूसरी राशि हमारी है वृषभ राशि टॉरस तो टॉरस वालों आज आपको उम्मीद से अधिक धन प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा नौकरी पेशा लोगों को विशेष सफलता हासिल होगी ऑफिस में आज किसी बड़े अधिकारी का सहयोग आपको मिलेगा व्यापारियों को आय के नए स्रोत मिलेंगे मन मुताबिक कोई काम पूरा होने पर आज आपका मन प्रसन्न रहेगा खुद को तरोताजा महसूस करेंगे सकारात्मक सोच आज, आज आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाएगी आपको छोटी छोटी बातों में खुशी तलाशने का अवसर प्राप्त होगा आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा लेकिन करना क्या रहेगा क्योंकि ढैया का बिल्कुल अंतिम चरण है बिल्कुल बस जाने वाला है तो पीपल के वृक्ष पर जाइए और जल में गोल डाल करके आप अर्पण करिए शुभ कलर रहेगा ब्लैक शुभ अंक रहेगा छे जैमिनी मिथुन राशि आज आपकी सेहत पहले से ठीक रहेगी कैरियर में आज आपको सफलता मिलेगी वरिष्ठ अधिकारियों से आज आपको सहयोग प्राप्त होगा व्यवसाय के सिलसिले में आज विदेश यात्रा तक की आपको करनी पड़ सकती है नहीं तो लंबी दूरी की यात्राएं तो करनी ही करनी है परिवार में आज आपके गुणों की प्रशंसा होगी जिससे आज आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा नई तकनीक को अपनाने से आज आपके काम में वृद्धि होगी आज आप अपनी कोई बात दोस्तों से शेयर कर सकते हैं आज जो शनिवार का दिन रहेगा खुद को बदलाव लाने के लिए काफी अच्छा रहेगा आपको आगे पढ़ने के लिए नई योजनाएं बनेंगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराइए आपके लिए बढ़िया बढ़िया रहेगा साथ ही साथ किसी विकलांगों को कुछ मीठा आप लोग जरूर दीजिए शुभ रहेगा हरा शुभ अंक रहेगा साथ देखिए दर्शकों जो भी आप लोग देख रहे हैं बड़े सम्मानित दर्शक हैं आप लोगों के ज्ञानार्जन के लिए हम बता दें कि हमारा वार्षिक राशिफल दो सभी राशियों का हमारे चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष का राशिफल भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है आर्थिक राशिफल मेष से मीन राशि तक का चैनल पर पड़ चुका है प्रेम संबंध वाले राशिफल भी पढ़ चुके हैं और करियर बहुत महत्वपूर्ण होता है इससे संबंधित राशिफल भी पढ़ चुका है और उसमें इंडिविजुअल उपाय भी हमने हर राशियों के अलग अलग बताए हैं आप लोग जा के देख सकते हैं जो भी दो भारत के परिप्रक्ष्य में कैसा रहेगा इससे संबंधित भी एक भविष्यवाड़ी हमारे चैनल पर पढ़ चुकी है आप लोग जाइए और देखिए तो कर्क राशि कैंसर आज आपका मन स्थिर ना होने की वजह से आज आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं लेकिन शाम तक बेहतर महसूस करेंगे कोई बड़ा फैसला लेने में आज, आज आपको परेशानी महसूस हो सकती है कोशिशें पूरा होने में समय लगेगा ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर के छोटा मोटा बात विवाद हो सकता है इससे आपको बचना होगा सेहत के प्रति आप सतर्क रहने के सितारे सलाह दे रहे हैं डॉक्टर्स जो कह रहे हैं इनके सलाह का आपको पालन करना है किसी सामाजिक आयोजन में आज आपकी भागीदारी हो सकती है आज आपको प्रयास ये करना रहेगा कि पीपल के वृक्ष पर जाइए और दूध में काला तिल डालकर के अर्पण करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ हमारी जो अगली राशि आती है ग्रहों के राजा की जो है सूर्यदेव की राशि है लियो अर्थात सिंह राशि तो सिंह राशि के जात को आज काम अधिक होने पर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं कैरियर के मामले में चीजें बेहतर होने के आसार हैं परिवार वालों के साथ किसी बात पर थोड़ी बहस हो सकती है आवश्यकता पड़ने पर आज अपनी बात आप लोग आपको जीवन साथी की सेहत से कुछ चिंता हो सकती है झूठी तारीफों के कारण आज उलझनों में आप पड़ सकते हैं और आज आपको काम के कुछ नए मौके तलाशने की यहाँ सितारे सलाह दे रहे हैं मेहनत का रिजल्ट पाने के लिए आज आपको किसी की मदद लेनी पड़ सकती है पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे उपाय के तौर पर आज आपको हनुमान अष्टक और बाल का का पाठ करना रहेगा, रहेगा, रहेगा रहेगा शुभ शुभ कलर आपके लिए रहेगा। ये रहेगा आपके लिए तो लिए आज आज रेड और अंक वहीं अर्थात कन्या राशि तो दिन आपके लिए पैसों से जुड़ा मामला आसानी से सुलझ जाएगा आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा किसी दोस्त के सकारात्मक प्रभाव से आपके स्वभाव में आपके जीवन में परिवर्तन आएगा कोई बहुत बड़ी जो समस्या चली आ रही थी इसका हल आज आप लोग ढूंढते हुए दिखाई पड़ना है आज आपको आपके पराक्रम में वृद्धि होगी वाहन सावधानी पूर्वक चलाने के सितारे सलाह दे रहे हैं परिवार की ओर से आज, आज आपको पूरा सर समर्थन प्राप्त होगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो आज आपको सुंदर का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार लिब्रा जी तुला राशि तो आज आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि के कई अवसर प्राप्त होंगे आज आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे ऑफिस में आज, आज आप किसी तरीके की राजनीति में उलझ सकते हैं इससे आपका कुछ समय खराब हो सकता है घर में नए मेहमान के आने की संभावना जिससे आज, आज आपका मन खुश रहेगा ऑफिस में काम की अधिकता थोड़ी ज्यादा हो सकती है आज आप दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे उनके साथ किसी नए विषय पर बातचीत कर सकते हैं चर्चा कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग प्रयास कि दशरथ शनि शनिस्त्रोत का पाठ करिए दूसरा आज आप लोग दुर्गा सप्त कवच अर्गला और सिद्ध कुंज का स्त्रोत जरूर पढ़िए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्लैक शुभ अंक रहेगा ये रहेगा एक अगली राशि आती है ये आती है वृश्चिक राशि तो तरक्की के नए रास्ते साहब आज आपके खुलेंगे शाम तक कि आज आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा आज आप माता पिता के साथ धार्मिक स्थल पर दर्शन के लिए जा सकते हैं आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर बना रहेगा आज आप लोग आस के लोगों से सहानुभूति बनाए रखेंगे खास करके आज आपको पढ़ाई में बेहतर परिणाम हासिल होंगे और आज कोई नया प्रेम संबंध भी स्थापित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जीवन में आज दूसरों की आप लोग मदद भी करेंगे भगवान भास्कर को अर्घ दीजिए दशरथ के चल का पाठ करिए और शुभ कलर रहेगा ये रहेगा आज आपके लिए ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छेद सेजिटेरियंस जी हाँ राशि तो आज आपका दिन कुछ खास लेकर के आया है घर का वातावरण खुशनुमा बना रहेगा कुछ जरूरी काम थोड़ी सी मेहनत करने से आज आपके पूरे हो जाएंगे आप लवमेट को आज कोई गिफ्ट दे सकते हैं उपहार दे सकते हैं आज आपके रिश्तों में ताजगीपन आएगा नयापन आएगा धनुराशि के जात को छात्रों को कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है साथ ही पढ़ाई के मामले में दूसरे बच्चे आज आपसे इंस्पायर हो सकते हैं आपसे प्रेरणा ले सकते हैं वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ेगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि दुर्गा चालीसा का आप लोग पाठ करिए साथ ही साथ ही साथ ओम मंत्र का इक्कीस बार आपको उच्चारण करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा सेफ्रॉन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ कैप्टिकॉन अर्थात मकर राशि तो मकर राशि के जातकों वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा दाम्पत्य संबंधों के बीच आज आपकी दूरिया खत्म होगी साथ ही रिश्तों में मधुरता आएगी लेकिन बिजनेस की किसी बात को लेकर के आज आप लोग परेशान हो सकते किसी काम से आज आपको सरकारी दफ्तर में भागदाव करनी पड़ सकती है कोर्ट कचहरी के भी मामलों में आज आपको सफलता बहुत रगड़ कर मिलेगी मतलब बहुत मेहनत से मिलेगी उदाहरण लेन दिन से आज आपको बचना होगा आज आप लोग कोशिश कीजिएगा तली भुनी चीजें मत खाइएगा और अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिएगा अपनी फिटनेस पर आपको ध्यान देना रहेगा उपाय के तौर पर तो दूध में काला तिल डालिए और ओम रिंग नमः शिवाय मंत्र से आप लोग भगवान जो है भोलेनाथ पर दुग्ध अर्पण करिए जल अर्पण की जगह दुग्ध अर्पण करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो यह सेकंड लास्ट राशि आती है कुंभ राशि कुंभ राशि के जातकों करियर के मामलों में आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी कार्य क्षेत्र में आज, आज आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे आज आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपकी हर तरीके से मदद के लिए तैयार रहेंगे आपके सगे संबंधी आर्थिक रूप से आज आपकी मदद करेंगे बिजनेसमैन को बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा साथ ही घर के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा आज आपका कोई बहुत जरूरी काम पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जीवन में लोगों का सहयोग आज आपको मिलेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग सुंदर कांड का पाठ करिए और हनुमान जी को बेसन से बना हुआ कोई जो है भोग आप लोग जरूर लगाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज नीला ब्लू कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक तीन अंतिम राशि पर चलते हैं लेकिन आप लोगों से वही अपील करेंगे कि इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और जय श्री राम का उद्घोष कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए मीन राशि के जात आपको लाभ के कुछ अवसर प्राप्त होंगे खास के जो मीन राशि के बेरोजगार लोग हैं उनको आज रोजगार का सृजन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोई नई नौकरी प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही इसके अलावा विद्यार्थियों को उनकी अपनी मेहनत के बल पर शुभत्व तो परिणाम प्राप्त होंगे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ अनुभवी लोगों से सलाह लेने के सितारे सलाह दे रहे हैं। में आज आप संबंधों कि पर साफ सफाई करिए दूसरा आज पका हुआ भोजन किसी विकलांग व्यक्ति को जरूर खिलाई केसर का तिलक मस्तक जिभा नाभि पर जरूर लगाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा नौ तो ये तो था शनिवार का मेष से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए इस चैनल पर फालतू में कोई बात नहीं की जाती है आप लोगों का समय बहुत कीमती है बहुत ही अमूल्य है अमूल्य मतलब जिसका मूल्य ना चुकाया जा सके तो एक एक मिनट एक एक सेकंड आप लोगों का कीमती है दीजिए इजाजत दर्शकों मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम जय हिंद वंदे मातरम